Assalamualaikum. चार मिसरे मरहूम उमर साहब के खराज में जो कि उनका हक है इस स्टेज से उसके बाद मैं धीमे से अपनी औकात में आ जाऊंगा अफसोस वो अदब का सुतू अब नहीं रहा अफसोस वो अदब का सूतू अब नहीं रहा वो वल्वल वो जोश जुनू अब नहीं रहा अफसोस वो अदब का सूतू अब नहीं रहा वो वल्वल आ वो जोश जुनू अब नहीं रहा हम सब को तन हा छोड़ के ऐसे गए उमर हम सब को तन हा छोड़ के ऐसे गए उमर दिल का करार और सुकून अब नहीं रहा दिल का करार और सुकून अब नहीं रहा सदर मोहतरम की इजाजत के साथ देखिए साथ में चलिएगा तो समझ में आएगा वरना आधे से ज्यादा बाउंसर भी हो सकता है अब मैं शुरू करूंगा और जैसे जैसे आप लोग साथ देंगे मैं पीछे वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़ करके दांत दें कह कि लोग समझे थे मशहूर हूँ मैं बहुत मैं अपने बारे में बतला रहा हूँ लोग समझे थे मशहूर हूँ मैं बहुत हर जबा <laughs> पर जो हर वक्त रहता हूं मैं और सब दुआ कर रहे हैं कि जिंदा रहूं कर्ज लेकर के सबसे जो बैठा, बैठा हूं मैं लोग समझे थे मशहूर हूं मैं बहुत हर जबा पर जो हर वक्त रहता हूं मैं और सब दुआ कर रहे हैं कि जिंदा रहूं कर्ज लेकर के सबसे जो बैठा हूं मैं कर्ज लेकर के सबसे जो बैठा हूं मैं और एक दो शेर और अपने बारे में फिर उसके बाद जो है जो जमीन पर की सच्चाई होगी एकदम सामने से बात करेंगे कहे कि कुछ यूं है अपनी शहर में पहचान अंड बंड कुछ यू है अपनी शहर में पहचान अंड बंड कहते हैं लोग मुझको श्रीमान अंड बंड कुछ यूं है अपनी शहर में पहचान अंड बंड कहते हैं लोग मुझको श्रीमान अंड बंड और सोहेल भाई छे माह का उधार चुकाया नहीं तो फिर छे माह का उधार चुकाया नहीं तो फिर बनिया भी देने लग गया सामान माह का उधार चुकाया नहीं तो फिर बनिया भी देने लग गया सामान अंड बंड और बालाए रख दी सारी शराफतें इस मुफलिस में हो गए इंसान अंड बंड और जालिम ने कुछ ज्यादा ही चूना लगा दिया जालिम ने कुछ ज्यादा ही चूना लगा दिया हो कर रहेगा आप तो मेरा पान अंड बंड अस... साहब ये तो भूमिका थी अभी मत घबराइए थोड़ा सा और साथ दीजिएगा तो थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कहा है कि चार मिश्रा हाजरे अदालत है मोम जैसी थी लेकिन कड़ी हो गई आखिरी तब साथ चाहूंगा मोम जैसी थी लेकिन कड़ी हो गई जिंदगी फूल से फुलझड़ी हो गई और इश्क आसान नहीं है मेरे दोस्तों इसमें कितनों, इस कितनों की खटिया खड़ी हो गई मोम जैसी भी लेकिन खड़ी हो गई जिंदगी फूल से फुलझड़ी हो गई और इश्क आसान नहीं है मेरे दोस्तों इसमें कितनों की खटिया खड़ी हो गई और प्यार वादा वफा भाड़ में सब गया प्यार वादा वफा भाड़ में सब गया और उसका मेरा कहा भाड़ में सब गया और मैं तो मजनू बना फिर रहा था मगर लेके भागे चचा भाड़ में सब गया प्यार वादा वफा भाड़ में सब गया उसका मेरा कहा भाड़ में सब गया अब मैं तो मजनू बना फिर रहा था मगर लेके भागे चचा भाड़ में सब गया और पांचवी शादी थी मेरी पांचवी शादी थी मेरी सातवीं बेगम की थी पांचवी शादी थी मेरी सातवीं बेगम की थी यानी बेगम मुझसे भी दो हाथ आगे हो गई पांचवी शादी थी मेरी सातवीं बेगम की थी यानी बेगम मुझसे भी दो हाथ।, दो हाथ आगे हो गई और इंतजार पूरी काट दी वो किसी के साथ चैटिंग करते करते सो गई इंतजार वसल में शब मैंने पूरी काट दी वो किसी के साथ चैटिंग करते करते सो गई और एक कथा गुलाम जोरू का मुझको न तुम कहो लोगों देखिए शायरी कैसे की जाती है जरा से उसमें जो है पलट जाएगा मामला अभी आखिरी मिसरे का इंतजार कीजिएगा गुलाम जोरू का मुझको न तुम कहो लोगों मैं प्यार मां से ही करता था अब भी करता हूँ का मुझको न तुम कहो लोगो मैं प्यार माँ से ही करता था अब भी वर्त करता हूँ है फर्क इतना कि अब जिस पे जान देता हूँ वो मेरे बच्चों की माँ है उसी पे मरता हूँ गुलाम जोरू का मुझको न तुम कहो लोगो मैं प्यार माँ से ही करता था अब भी करता हूँ फर्क इतना कि अब जिस पे जान देता हूं, वो मेरे बच्चों की माँ है उसी पे मरता हूँ और कुछ लोग तुझे कहते हैं चुड़ैल की खाला <स्थाँगाँ> कुछ लोग तुझे कहते हैं चुड़ैल की खाला कुछ सरफिरों का कहना है बासी कबाब हो <laughs> कुछ लोग तुझे कहते हैं चुड़ैल की खाला कुछ सरफिरों का कहना है बासी कबाब हो चश्मे से अपने देख के माहिर को यह लगा जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो न तो इस वक्त थोड़ा सा जहन है एक मतला दो तीन शेर फुटकर फुटकर थोड़ा सा फिर उसके बाद दो तीन कथा तरन्नुम में फिर जहमत तमाम कह कि छोटा हो या हो कोई बड़ा तुझको इससे क्या छोटा हो या हो कोई बड़ा तुझको इससे क्या पालूंगा मैं भी एक गधा तुझको इससे क्या पालूंगा मैं भी एक गधा तुझको इससे क्या शेर यहां से समाज फरमाइए दुश्मन था मुझको मिल गया मौके से रात में दुश्मन था मुझको मिल गया मौके से रात में मैंने पटक के थूर दिया तुझको इससे क्या <laughs> दुश्मन था मुझको मिल गया मौके से रात में मैंने पटक के थूर दिया तुझको इससे क्या और ऐचा था हमको रास ना आया नहीं पटी ऐचा था हमको रास ना आया नहीं पटी काने से दिल हमारा लगा तुझको इससे क्या काने से दिल हमारा लगा तुझको इससे क्या और का शेर है कि तू अपनी फिक्र कर कि जमाना खराब है तू अपनी फिक्र कर कि जमाना खराब है माहिर है किसके घर में घुसा तुझको इससे क्या और एक दो कथा तरन्नुम से फिर उसके बाद रहमत तमाम आप लोगों ने बहुत साथ दिया और मुशायरा माशाला से आप ही लोगों के दम से है इसी तरह से सारे मेहमान को सुनिए हमारे मोहतरम शोरा हजरा मौजूद हैं एक कथा है जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसी से मेरी पहचान है उस कते से आप हजरत के हाजिर अदालत है रात भर जागते हैं नेट पर हम राग रात भर जागते हैं नेट पर हम कुछ न हम को ताकान होती है रात भर जागते हैं नेट पर हम कुछ न हम को ताकान होती है नींद आती है झूम कर माहिर फज्र की जब अजान होती है नींद आती है झूम कर माहिर फजर की जब अजान होती है अब मेरी बेगम मुझे मानती है बहुत चौथे मिसरे पर दिमाग लगाए रहिएगा वरना पूरा कथा बाउंसर चला जाएगा <laughs> मेरी बेगम मुझे मानती है बहुत फिक्र उनको मेरी हर घड़ी रहती है मेरी बेगम मुझे मानती है बहुत फिक्र उनको मेरी हर घड़ी रहती है अब घर के बर्तन में जब माजने लगता हूं नहीं पहुंचे पहुंच गए तो अपने पर ना लीजिए मेरी बेगम मुझे मानती है बहुत फिक्र उनको मेरी हर घड़ी रहती है और घर के बर्तन में जब माजने लगता हूँ गर्म पानी से टंकी भरी रहती है गर्म पानी से टंकी भरी रहती है ओ। एक फिर उसके बाद तमाम उठते थे देखिए आज के दौर की सच्चाई है ये वो भी क्या जमाना था सुबह सुबह उठते थे वो भी क्या जमाना था अ तंदुरुस्त रहते थे सुबह दम नहाने से तंदुरुस्त रहते थे सुबह दम नहाने से अब पहले आंख खुलती थी फज्र की अजा सुनकर आंख खुलती है पूर्ण घन गन